है फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप वेस्ट वॉच को कैसे घर पर यूज़ करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं तो उसी के रिगार्डिंग आज मेरा ये वीडियो होने वाला है उम्मीद है आपको पसंद आएगा इसमें मैंने हमारे पास जो एक वॉच थी वो ख़राब हो गई थी काफ़ी टाइम से तो वो पड़ी हुई थी तो उसी का यूज़ किया मैंने और जिसका जिसमें कि मैंने फोम ग्लीटर शीट्स का यूज़ किया है उसकी फ्लावर्स से मैंने ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये मैंने कटिंग करके रख लिए थे जिसका कि यूज़ मैं आप डेकोरेशन के लिए करूँगी इसमें और आप अपने अकॉर्डिंग वन बाई वन फ्लावर्स uh, इसमें पेस्ट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकोल या आप हॉट ग्लू स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें और इसमें आप कुछ और भी डेकोरेशन uh, कर सकते हैं लाइक like, आप इसमें वॉल uh, पुट्टी से बुद्धा uh, का स्टैचू बना सकते हैं या कोई और भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर फोम ग्लिटर शीट्स का यूज़ किया है जिसके कि फ्लावर्स की कटिंग करके मैंने पहले रख रख ली थी और ये इसमें लीव्स का भी मैंने यूज़ किया है जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं और ये पूरा बनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था इसका आपको फोम ग्लिटर शीट्स स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल होती है टेन रुपीज़ की एक शीट मिल जाती है जिसमें आप ढेर सारे फ्लावर्स या जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं और इसमें मैंने कुछ स्टोन्स या पर्ल्स का यूज़ किया है और इनको कि अब मैं इसमें पेस्ट करने वाली हूँ चिपकाने वाली हूँ और उसकी जगह आप कुछ और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से जो भी स्टोन या मोती मेरे पास रखे हुए थे मैंने सारे इसमें लगा दिए हैं वन बाय वन और अगर आपके पास कुछ और भी हो चीज़ें हो जो ख़राब पड़ी हो आपके पास तो वो आप यूज़ कर सकते हैं मतलब कि जो किसी काम की नहीं है सो so, अब मैंने सारे स्टोन्स इसमें लगा चुकी हूँ दैन नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इसमें आ, कुछ हॉड शेप्स भी कटिंग कर लूँगी जैसा कि मैं अब वीडियो में देख रहे हैं और अभी जो इसका बॉटम एरिया है नीचे साइड का जो एरिया है उसमें सारे फ्ला जो मैंने हॉड शेप्स कट करके रखे हैं उसकी सारी कटिंग मैं नीचे लगा दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो उसको भी मैंने थोड़ा फेल कर दिया है और आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं बट मैंने यहाँ पे फॉम ग्लेटर शीट्स के हॉटशेप का यूज़ किया हुआ है इस तरीके से वन बाई वन हम सारे हॉट शेप्स जो हैं उनको पेस्ट कर देंगे एंड इसमें मेक श्योर sure कि इसमें आपने अच्छा हॉट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर आप इसकी जगह डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक इसमें लगा रह सक लगा रहेगा सो so, अब मैंने सारे शेप्स जो मेरे पास थे इसमें पेस्ट कर दिए हैं थोड़ी सी जगह और खाली बाकी हैं तो मैं उसको भी इन्हीं से फेल कर दूंगी। दैन इसके बाद हमारी वॉच टोटली रेडी हो जाएगी और फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल